सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी जो होती हैं सब ब्यूटी गर्ल्स वो कहाँ पाई जाती हैं सब वेनेजुएला में सबसे ज्यादा वेनेजुएला की लड़कियाँ क्या पाई जाती हैं सुंदर होती हैं सब वहाँ पे कितनों खा लेती हैं सब मोटाती नहीं है सब हम लोग मान लीजिए कि की बिया हुआ बिया से पहले सोचू जी साइकिल के टायर की तरह रहेगी और जहाँ बिया हुआ एक दो साल बाद ट्रैक्टर का टायर हो जाएगी आई एम शादीशुदा